कहते हैं कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है दोनों में बहुत फर्क है शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया नाला था खुद नहीं पड़ा गिर गया कहते शेर ने छाटा मार के बच्चे को मार दिया तो शेर ने पूछा है क्या कर रहे हैं बोला दो बात अगर आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कले जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता और दूसरी बात यह है हो सकता है मेरी ना